वेलकम वंस अगेन आज मैं आपको लाया हूँ लखनऊ शहर जो कि ख़ास नज़ाकत और तहजीब की संस्कृति के लिए बड़ा फ़ेमस है यहाँ पे लोग जो बात करते हो दिखेंगे ना आपको तू तु या तुम ऐसे बात नहीं करते यहाँ पे जो लोग हैं सब लोग आप आप कह के बात करते हैं आपने सुना होगा पहले आप पहले आप और लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहते हैं नवाबों का शहर क्यों कहते हैं उसके पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो मैं वो बताता हूँ बट अभी फ़िलहाल मैं आपको लाया हूँ ये ब्रिटिश रेजिडेंसी है जो सत्रह के आसपास बनवाई थी अंग्रेज़ों के रहने के लिए तो एक तरह तो से एक कॉलोनी थी उस टाइम पे अंग्रेज़ों की सारी चीज़ें इसमें व्यवस्था है अंग्रेजों की रहने से लेके आपका चर्च वगैरह भी है पूरा मिलिट्री बेस टाइप का है बट अभी पूरा देखेंगे पीछे एक खंडहर है तो जो 1857 की जो क्रांति हुई थी आ, उसमें ये काफ़ी डेस्ट्रॉय हो चुका है तो अंदर बताते हैं कि इसमें सारे आजिद जो तोप गोली सबके निशान दीवारों पर लगे हुए हैं चलो देखते हैं कैसा है अंदर से सी का स्थल पार्क काफी चीजें हैं देखने के लिए अभी रेजिडेंसी रेजिडेंसी इमामबाड़ा ब्रिटिश का गेट है ये जो बिल्डिंग है कह सकते हो गेट जो शहादत अली खान ने में बनवाया था अंग्रेजों के लिए तो जब यहाँ पे युद्ध हुआ था जब स्वतंत्रता संग्राम का पहला वो युद्ध हुआ था तो इस गेट को यहाँ पे मिट्टी से पूरा बंद कर दिया था अंदर से सारा मिट्टी विट्टी लगा के बंद कर दिया था चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है इस बिल्डिंग को जिस हालत में जो अठारह में छोड़ा था जिस हाल में था उसी हाल में इसको प्रिजर्व रखा है और आप ये पीछे देखेंगे मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा ये गोलियों के निशान दीवारों पर ना अच्छे से दिख रहे हैं क्लियरली सारे दिख रहे हैं और ये जो ब्रिटिश रेजिडेंसी है लखनऊ के गोमती रिवर है गोमती रिवर के किनारे पे बनी हुई है मेरे अब यहाँ से लेफ्ट में लेफ्ट में गोमती रिवर है उसके जस्ट किनारे पे है ये तो लोकेशन वाले देखेंगे तो बहुत अच्छी है बट आज के टाइम पे बिल्कुल बीरान है अभी आप ये देखेंगे डॉक्टर फेरर हाउस तो जो डॉक्टर फेरर है वो एक्चुअली गेट के बाहर रहते हैं यहाँ पर बिल्डिंग डिस्ट्रॉय भी बहुत ज्यादा हुई है सारे पे गोलियों के निशान दिख रहे हैं मुझे पूरी बिल्डिंग पे टोप के निशान में बने हुए हैं आपको मैं पास से दिखाता हूँ इसमें देखो ये वाले जो निशान बने हुए हैं ना ये ये ये ये ये तो एक बिल्डिंग है इसमें बहुत सारी बिल्डिंग बनी हुई हैं। अभी जैसे सामने देखा चर्च है हॉस्पिटल थे बैरक बनी हुई है अंग्रेजों के रहने के लिए तो ये जब जो नवाब साहब थे यहाँ पे तो उन्होंने ही ट्रीटी हुई थी अंग्रेजों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ तो उसी टाइम पे ये अंग्रेजों के लिए स्पेशली बनाया गया था तो तब से इसका नाम ब्रिटिश रेजिडेंसी रखा है ये एक और बिल्डिंग है इमामबाड़ा और मस्जिद मेरे पीछे ये देखो ये वाली बिल्डिंग यूरोपियन स्टाइल में बनी हुई है पूरा जिसको ऐसा कर सकते यूरोपियन नहीं यूरोपियन और इस्लामिक दोनों मिक्स डिजाइन है लेकिन बहुत ही भव्य बिल्डिंग रही होगी यार उस टाइम पे ये जो पीछे में बिल्डिंग है ये है इनका मेस भोजनालय है अगर टाइम का ही बना हुआ है ये भी पूरी डेस्ट्रॉयड बिल्डिंग है अठारह में जब लड़ाई हुई थी तो इसको फिर बाद में हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया था चलो इस मेस को अंदर से देखते है अभी तो यार बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ किसी टाइम पे इसमें छत वत अच्छे से डाइनिंग टेबल वगैरह सब रहती होगी तो अभी ये हेरिटेज साइट में कन्वर्ट कर दी है आ, बट ये बहुत पॉपुलर नहीं है लखनऊ में आप आओगे मैं भी कितनी बार आया हूँ लेकिन कभी मैं यहाँ घूमने नहीं आया तो अभी मैंने सिर्फ आपके लिए एक्सप्लोर किया है और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और करो इस तरह की हेरीटेज साइट और नई नई जगह हैं मतलब चीज़ें मैं आपके लिए लाता रहूँगा ये देखो एक किचन शायद किचन होगा छोटा सा आप यहाँ से देखो तो बीच में चूल्हा चलता होगा यहाँ से सर्व करते होंगे आप पीछे मेरे जो देख रहे हैं ये ब्रिटिश रेजिडेंसी का मेन कॉम्प्लेक्स था या मेन बिल्डिंग भवन कह सकते हो ये तीन मंजिला इमारत थी उस टाइम पे अभी तो ये मेरे हिसाब से एक मंजिला ही रह गई है और बिकॉज उस टाइम पेस्ट्रॉय पे कर दिया आज इसके जो पीछे वाला ये ये ये है, है। है, इसको ए यूज कर रहे हैं। तो ये पट्टी लगी हुई है। ये इस पे भी रेजिदेंस्य, दा रेजिदेंस्य लिखा हुआ है। आप दीवारों की ये देखो कितनी चौड़ी है मेरे हिसाब से कम तीन फिट जो इसकी दीवारें बनी हुई हैं, वो तीन साढ़े तीन या चार फिट चौड़ी है आज के टाइम देखो पीछे ऊपर तिरंगा फहराया हुआ है अट्ठारह में जो यहाँ अंतिम जो नवाब थे उनकी जो बीवी थी बेगम हज़रत महल उनको स्वतंत्रता सेनानियों ने नवाब घोषित कर दिया था बट युद्ध हुआ भाग भयंकर 2000 हज़ार अंग्रेज़ मारे गए बट दूसरी जगह से टुकड़ी आके फिर से अंग्रेज़ों ने कैप्चर कर लिया और यहाँ पे जो बेगम हजरत महल थी बताते हैं उनको भागना पड़ा और फिर वो नेपाल में जाके शरण ले ली तो इस तरह से जो स्वतंत्रता संग्राम था अठारह का इस तरह से अठारह की क्रांति यहाँ पे इस तरह से दबा दी गई थी अब मेरे बैक में जो रेजिडेंसी की जो मेन बिल्डिंग थी वो पीछे देख रहे हैं ये भी अब तो दो मंजिला ही रह गई है, तीन मंजिला बिल्डिंग थी बहुत ही शानदार इसके अंदर वो बना हुआ है इसका म्यूजियम बना हुआ है तो उसमें फोटोग्राफ्स लगे हुए थे इसके बट अब वो तो है बहुत ही वैसी छीण स्थिति में है बट उस टाइम में बहुत ही प्यारी वाइट कलर की बनी हुई थी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट रह गया था बताने का कि इसको नवाबों का सैर क्यों कहते हैं तो एक ऐसे ही पता उसका मतलब ऑथेंटिसिटी मुझे नहीं पता बट जो नवाब थे वो बड़े विलासिता में रहते थे तो जब वो जब लॉर्ड डलहौजी था जो वो ईस्ट इंडिया कंपनी का कमांडर था तो उसने आक्रमण जब यहाँ पे किया था तो ऐसा बताते हैं कि नौकर ने जूते नहीं पहनाए थे इसलिए नवाब साहब लड़ाई नहीं लड़ पाए और बिना गोली चलाए एक भी गोली नहीं चली थी और नवाब साहब को सरेंडर करना पड़ा तो इसलिए तब से इसको नवाबों का सैर कहते हैं लखनऊ में इसके बाद में बड़ा इमामबाड़ा है और छोटा इमामबाड़ा रूनी दरवाज़ा तो वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स में दिखाऊँगा आज तो टाइम नहीं है आज तो मैं इसको यहीं पे क्लोज़ करता हूँ तो आपको ये कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएँ मेरे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चलो ये वही क्लोज़ करते हैं इस वीडियो क्योंकि बहुत काफ़ी लंबा होता जा रहा है चलो मिलते हैं नए वीडियो में